आज आज मैं YouTube पे पे आया था और वहां पे मैंने अजीब अजीब वीडियो वीडियो देखा लेकिन आज समझ में आ गया कि अच्छा बनाओ कोई भी नहीं देगा नहीं लाइक करेंगे नहीं कमेंट करेंगे लेकिन जितनी पागल बनाने वाली वीडियो बनाओ लोग जरूर प्यार देंगे उन सब को देखने के बाद मैंने आज कुछ कंटेंट ऐसा सोचा है कि शायद आप लोगों को पसंद आ जाए मैं सात चैनल को चुना हुए छे हो गया सॉरी हाँ। सात चैनल को चुना जिसके बारे में बताऊं जो बताऊंगी काम का चैनल है फिर भी आप लोग लाखों देते हैं लाखों सब्सक्राइबर है। क्यों मेरे में क्या कमी है मेरे में क्या थोड़े कौन से लगे हुए हैं भगवान ने क्या मेरे को इंसान नहीं बनाया है मेरे दो निकले हुए? कि आप लोग मुझे पसंद नहीं करते हो नाइक करते हो थोड़ा तो प्यार दिखाओ यार अगर नहीं अच्छा लगता मेरा तो कमेंट करो सजेशन दो मैं वैसा बनाऊंगा पक्का वादा का हूं मैं वैसा इंसान नहीं हूँ कि कुछ भी करूँगा लेकिन आप प्यार तो दो मांगो क्या चाहिए भाई देने के लिए प्यार है भाई तैयार है तो है है तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो वीडियो वीडियो को को पहले आपसे करूंगा अगर पसंद आए लाइक करना साथ में अपना कमेंट जरूर देना सजेशन जरूर देना और सब्सक्राइब तो देना यार गरीब हूं एक कंटेंट बनाने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों का सपोर्ट की जरूरत है तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को पहला नाम आता है इस वीडियो में दीपक हलाल या कलाल देखने वाला हलाल ही हो जाता है। मतलब फिर भी आप लोग क्यों छपवा रहे हो और वो कुछ भी करता है हरकत फिर भी आप लोग को बहुत प्यार आता है हम अच्छा वीडियो देंगे फिर भी आपको प्यार नहीं आएगा आप लोग का ये छड़ दो वही में मजा है तो जाओ कोई बात नहीं उसके बाद आती है एक ऐसी अजीब शक्लों वाली लड़की उसको लड़की बोलना भी पाप है क्योंकि वो आत्मा है आत्मा नहीं पता नहीं क्या है भूत प्रेत जो भी क्योंकि उसके हिसाब से धरती पे रहने वाला हर इंसान मर चुका है जो भी फेमस हो चुका है वो मर चुका है उसके हिसाब से जो फेमस हो चुका है उसको करता। जो फेमस हो चुका है उस पर स्ट्राइक मारता है और बीच बीच में वो भी उनपे जाकर कुछ भी कर देती है कुछ भी बना देती है उसका भी अपना ही बस चलता है और यूट्यूब भी उसके खिलाफ नहीं जाता है और न ही आप लोग खिलाफ जाते हो भर भर के प्यार देते हो उसके दो मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं क्यों नाम है पायल जोन या पागल जोन कहना है जो भी कह लो मुझे पता है नाम लिया हूं तो आप लोग पक्का स्ट्राइक भी मरवा दोगे लेकिन जो भी होगा देख लेंगे फिर भी आपसे रिक्वेस्ट अगर आपको पसंद आए तो थोड़ा सा सपोर्ट करो भाई को तीसरे नंबर पर आता है ऐसे इंसान जो कि कुछ नहीं करता केवल छाती पीटता है थरा भाई जोगिंदर थारा भाई जोगिंदर थरा भाई जो पता नहीं यार कैसे मारता उसको दर्द नहीं होता इंसान तो नहीं है शायद उसके अंदर भी यही बैठा हुआ है मर्द को दर्द नहीं होता अब इंसान हो कहीं फड़ा फपड़ा टूट गया ना तो गया उसके वीडियो में क्या होता है बताओ आप ही लोग कमेंट करके बताओ क्या होता है उसके वीडियो में कुछ नहीं होता है, है, है।, है? हो हो मतलब धरती पर आने वाले सारे आपदा पैदा करते हो और आप लोग के व्यू के कारण अपना वीडियो लॉन्च करता है हर कुछ करता है पता नहीं यार आप लोग इतना प्यार उसको क्यों देते हो क्यों क्या कमी है मुझमें उसके बाद आप लोग को हा ज्ञानी बाबा भी तो बनना है आप लोग ज्ञान लेने के लिए नई नई चीज सीखने के लिए जाते हैं दो ऐसे चैनल पे जिसका नाम है क्राफ्ट का उस सारे, सारे उसका इंडियन टीवी पे आने वाले एड्स को देखो दोनों बराबर है। बिना किसी का बिना किसी काम का बिना किसी लॉजिक का फिर भी आप लोग लाखों व्यू देते हैं एक और उसी तरह का चैनल जिसका नाम है लाइफ है पांच मिनट के अंदर वो बहुत कुछ सिखाने की कोशिश करता है आपको ज्ञानी बाबा बनाना चाहता है आपके लिए मतलब सही बोला था टिकॉक वालों ने की इंडिया में सबसे ज्यादा निकम्बे लोग है जिनके पास कोई काम नहीं है बेरोजगारी है दिमाग भी नहीं है वो लोग ऐसे ऐसे चीज को देखते हैं और सपोर्ट करते हैं जिसके बारे में कोई सोच नहीं सकता और आप लोग रियल में वैसे इंसान को सपोर्ट करते हो अच्छे को करो ना यार मैं आपको कंटेंट दूंगा जो आप वैसा करके दिखाएगा आपका भाई नाचेगा गाएगा प्यार दिखाओगे थोड़ा पैसा आएगा तो बड़ा यूट्यूब स्टूडियो बनाऊंगा बहुत अच्छा अच्छा वीडियो बनाऊंगा मेरे में बहुत टैलेंट है मैं ड्रॉइंग करता हूँ डांस करता हूँ गाना लिखता हूँ आप जो बोलोगे वो करके दिखाऊंगा लेकिन सपोर्ट तो दो उसके बाद आप एक और इंसान उसको भी मैं इंसान में नहीं मानता हूँ उसको भी मैं प्रेत आत्मा मानता हूँ क्योंकि YouTube की दुनिया की वो लता मंगेशकर है अपनी आप को सबसे बड़ी सिंगर समझती है क्योंकि उसके गाने में ना लिरिक्स होता है ना धुन होता है ना कुछ होता है जो दिन भर करती है उसी को गा देती है और लोग लाखों व्यू देते हैं नाम है धींचक पूजा भाई धींच पूजा पूजा नाम के इसमें भाई मेरे को तो यही लगता है मतलब उसके वीडियो में क्या होता है क्या होता है कि आप लोग उसको लाइक देते हो व्यू देते हो मतलब कुछ नहीं यार आप लोग गाना सुन रहे थे जा करके श्रिया घोषाल का सुनो अरिजीत सिंह का सुनो जुबीन का सुनो मजा आता है उनके आवाजों में दीदी में क्या है अगर उनके गाने पसंद आते हैं उससे अच्छा जाकर के हमारे टोनी तो भैया के गाना सुनो यार कम से कम धुन तो होता है जो भी गता है लेकिन पता नहीं यार आप लोग उस पर प्यार देते हो भाई भी नहीं ये तो गलत बात है यार मैं गरीब हूँ मैं ये भी कर सकता हूँ जो तो शक्ल बना सकता हूँ फिर तो भी आप लोग लाइक नहीं दे रहे हो उसके चलो आप लोग की कृपा बनेगा अगर आप लोग लाइक व्यू कमेंट दिए सब्सक्राइबर बढ़ा तो वीडियो बनाऊंगा नहीं तो आज से चैनल बंद मैं थक हार गया हूँ 10 चैनल बनाया दसों चैनल पर ऐसा कुछ नहीं हुआ अलग अलग तरह के वीडियो भी बनाए लेकिन आप लोग को अच्छा वीडियो पसंद नहीं आया तो आज मैं यू ही वीडियो बनाया हूँ इस वीडियो का मुझे समझ नहीं आया बस क्यूँ बनाया हूँ बस यू ही बनाया हूँ आपको पसंद आए तो आप लोग कमेंट करो तो मैं वैसा वीडियो बनाऊंगा अभी के लिए टाटा बाय बाय